एक था बनिया एक बार वह व्यापार के लिए प्रदेश जाने लगा जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा मैं प्रदेश जा रहा हूँ तुम अच्छी तरह रहना बच्चों को भी संभालना और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना याद रखना माँ से कोई काम मत करवाना बहू ने बोला ठीक है मैं आपकी बात समझ गई मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने बोला है आप आराम से जाइए बहू ने बात ध्यान में रखी बलिया तो चला गया बहू ने दूसरे ही दिन माझी से कहा माँ आपके बेटे मुझसे कहे गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना अब आप घर का कोई काम मत कीजिए आप तो इन बच्चों के साथ खेलिए खाइए और मौज कीजिए माँ गहरे सोच में पड़ गई फिर बोली बहू ठीक है अब मैं ऐसा ही करूँगी कुछ दोनों बाद बहू ने अपनी बेटी के कान छिड़वाए। उस समय बहू को अपनी पति की यह बात याद आई कि माँ को बच्चों की तरह ही संभालना इसलिए बहू ने माँ के कान छिड़वाए। की बात सोची उसने माँझी से कहा माँ चलिए आपको कान छिड़वाने हैं सुनकर माँझी घबरा गई उन्होंने बहू से कहा बहू मुझे अपने कान नहीं छिदवाने हैं क्या अब अपने इस बुढ़ापे में मैं कान छिड़वाऊँ जी नहीं माजी, आपको तो यह करना ही होगा मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे इसलिए आपको मैं अच्छी से देखभाल करूंगी। मेरी दोनों आंखें बराबर है जैसी लड़की है वैसे ही आप भी हैं माजी मन ही मन में समझ गई और सुनार के पास बैठ उन्होंने अपने कान छिड़वाए सुनार ने कान छेदे और कान में धागा भी डाला बहू जिस तरह रोज रोज लड़की के कान में तेल लगाती थी, थी उसी तरह माजी कान में भी लगाती रही थोड़े दिनों बाद बहू ने अपनी बेटी के लिए बाली बनवाई तो उसे अपने पति की बात याद आई फिर उसने माजी से माजी के लिए भी बाली बनवाई और कहा आइए आपको यह बाली पहना दू माँझी ने कहा बहू मुझको बाली क्यों पहनाती हो मैं बूढ़ी हूँ मुझे इसकी जरूरत नहीं है बाली तुम अपनी बेटी को पहनाओ मुझको नहीं पहननी है लेकिन बहू नहीं मानी जबरदस्ती करके माँ को बाली पहना ही दी इसके पश्चात माँझी को छोटे बच्चों के साथ अपने मनोरंजन करती घूमती खेलती और कई तरह के मौज मस्ती करती बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटे को नाई के से चोटी ब रखवा फिर बहू को माजी की याद आई माजी बोली बच्चों के साथ खेल रही थी उन्होंने वहां से बुलवा लिया और कहा माजी जी आइए नाई के सामने बैठिए। अपने लड़के की तरह मुझे आपके सिर पर भी चोटी रखवानी है जब गोविंद के चोटी रखवाई है तो आपको क्यों ना रखवाऊँ इसलिए आप जल्दी आइए माँ ने बहू को बहुत समझाया पर बहू तस से मस ना हुई आखिर माँ नाई के सामने बैठी और उन्होंने अपने सिर पर चोटी रखवाई बहू ने गोविंद को और माँ को जो बोला वही किया बाद में बहू रोज़ माँ को चोटी में तेल डालती चोटी गूँदती और सर पर उड़नी डालकर माँ को बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजती जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज़ देकर बुलाती ऐसे ही रोज़ का हाल था जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है बहू ने बताया माँ तो बच्चों के साथ खेल रही है यही कहीं होगी आ जाएगी बेटे ने पूछा क्या कहते हो माँ गली में खेलने गई है गली में तो बच्चे खेलते हैं क्या बुद्धि माँ बूढ़ी माँ कहीं खेलने गए जाती है बहू ने कहा मैं तो माँ के खेल माँ को खेलने भेजती हूँ अपने कहा नहीं था कि माँ को बच्चों की तरह रखना मैंने तो लड़की की तरह ही माँ को भी कानवा छिड़वाए हैं और कानों में बालियां पहनाई हैं जब लड़के की चोटी रखवाई तो मैंने माँ की भी चोटी रखवा ली थी जब मैं सबको खेलने भेजती हूँ तो माँ को क्यों ना भेजू? मुझको सबके साथ साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्त्री की अकल का दिखा दीवाला निकल गया है बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा माँझी गली में से खेलती खेलती आई और अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में आंसू छल छला गए माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो उठा बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी और बहू को बड़ी उल्टी सीधी सुनाई